तो अब सवाल यह नहीं है कि फोकस करना है या नहीं करना है? वो तो सबको पता है एक बच्चे को भी पता है कि फोकस करना चाहिए और फोकस करने की क्या पावर्स हैं और क्या होता है फोकस करने से सवाल यह है कि इतने डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद भी आज के टाइम में अगर हमको फोकस करना हो तो कैसे करें आज के टाइम में कैसे करे वो सवाल है अगर हमको यह समझ आ जाए कि आज के टाइम में एक्सैक्टली फोकस कैसे करना है या बाकी के लोग कैसे कर रहे हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं मेक द इम्पॉसिबल पॉसिबल किसी भी को सच कर सकते हैं कुछ भी बदल सकते हैं अपनी रियलिटी बदल सकते हैं इस दुनिया की रियलिटी बदल सकते हैं सब कुछ बदल सकते हैं इतनी पावर आ जाएंगे हमारे अंदर मगर कैसे करना है उसके सिर्फ दो तरीके उसके सिर्फ दो तरीके हैं एक ये है कि आप अपने बाहर के एनवायरमेंट को चेंज करो मतलब एक्सटर्नल जो आपके आस की चीजें हैं उसको बदल दो जो स्पोर्ट्समैन और एथलीट्स करते हैं एक एथलीट को अगर गोल्ड मेडल जीतना है ओलंपिक्स में तो वो क्या करेगा घर पे बैठा रहेगा पिक्चर में जाकर के पॉपकॉर्न खाएगा या पूरा दिन बैठ करके ताश खेलेगा अपने घर वालों के साथ में गर्मियों की छुट्टियों में <laughs> क्या करेगा क्या करेगा मैक्सिमम टाइम स्टेडियम में स्पेंड करेगा मैक्सिमम टाइम जहां पर उसके जैसे और बहुत सारे लोग हैं वो नहीं भी चाहेगा तो वहां पर डिस्ट्रेक्शन भी नहीं है तो माइंड ऑटोमेटिकली फोकस होता चला जाएगा तो एक रास्ता तो यह है कि हम अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को चेंज कर दें मतलब कि अपने घर से निकल जाएं, अपनी फैमिली को छोड़ दें या मैक्सिमम टाइम कहीं औ, औ, औ, और और और स्पेंड करें दिस इज वन वे पर प्रैक्टिकली मैं आपसे पूछूंगा यहां कितने लोग हैं जो अभी मतलब एक दिन के अंदर अंदर अपने एक्सटर्नल एनवायरमेंट को बदल सकते हैं <laughs> बहुत कम लोग बहुत कम लोग प्रैक्टिकली मतलब ये कि जिस घर में आप रहते हो वहीं रहोगे आप कहा जाओगे घर छोड़ दोगे नहीं आप जिस ऑफिस में काम करते हो वहीं रहोगे आप नहीं भी चाहो तो वहां पे पॉलिटिक्स की बातें हो रही होंगी चल रही होंगी आप बैठे हो गए बाहर के एनवायरमेंट को बदलो दूसरा है अपने अंदर के एनवायरमेंट को चेंज कर दो अपने अंदर हम बदल सकते हैं इतने तरीके से बदल सकते हैं कि बाहर एक लाख डिस्ट्रैक्शन भी होंगी तो उसका हम पर असर नहीं होगा असर होना बंद हो जाएगा सो सिंपल मतलब अपने अंदर के एनवायरमेंट को चेंज करना है अब यहां तक भी समझ आ जाता है कि अगर हम अपने अंदर के एनवायरमेंट को किसी तरीके से चेंज कर देते हैं तो काम हो गया लेकिन कैसे करना है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है उसके तीन बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं तीन स्टेप्स उसमें आप अपने अंदर के एनवायरमेंट को बदल सकते हो इस हद तक बदल सकते हो कि उसके बाद में किसी भी डिस्ट्रैक्शन का आप पर कोई असर नहीं होगा वो आएगा नहीं आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन आप अपना इल्यूजन को रियलिटी बना लोगे उसका पहला स्टेप जो अभी आपने बोला था वाई कि फोकस क्यों करना है या ये कहो कि फोकस करना भी है या नहीं करना कई बार जरूरत ही नहीं होती फोकस करने की अननेसेसरी हम फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं तो वाई क्लियर होना चाहिए मतलब यह कि जो भी आप करना चाहते हो या जिस चीज पे आप फोकस करने का सोच रहे हो अपने जिस भी इल्यूजन पे वो आप करना भी चाहते हो या नहीं वो आवाज आपके अंदर से आ रही है या नहीं या बाहर सुन करके कर रहे हो तो सीधा सा फंडा है कि जो अंदर से हो वो करना है उस पर फोकस बाकी किसी चीज पे फोकस नहीं करना तो वाई क्लियर करना बहुत जरूरी है तो वाई क्लियर हो जाए उसके बाद क्या आता है वेयर टू फोकस राइट वॉट बोले उसको हम या वेयर बोले What वॉट टू फोकस ऑन वेयर टू फोकस फॉर एग्जाम्पल आप जाओ अपने घर से निकलो और जा करके एक ऑटो रिक्शा में बैठ जाओ और उसको बोलो भाई फटाफट फड़ ले चल मुझे फड़ ले चल। और बता कैसे लेके जाएगा आपकी शक्ल देखेगा भाई कहां से आयो मैं तो पहले ये तो पता जाना कहा है जाना कहा है ये ही नहीं पता मतलब व्हाट टू फोकस ऑन वेयर टू फोकस इज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट है बहानों की कि मैं इस वजह से फेल हुआ अपनी लाइफ में इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया बहुत लंबी लिस्ट है और वो किसी को भी बैठ के कन्विस्ट कर सकते हैं मुझे भी कन्विंस कर सकते हैं लेकिन अपने आप को कैसे कन्विंस करोगे यार अपने आप को कैसे कन्वि करोगे की और दूसरी तरफ विनर के पास चले जाओ उसके पास में हजार वजह होगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है सिर्फ एक वजह होगी वो करने की जो वो करना चाहता है और वो कर जाएगा क्योंकि तो उसका फोकस उन हजार बहानों पर नहीं है उन हजार वजहों पर नहीं है सही जगह पर है जहां पर होना चाहिए वहां पर है जो है उस पर है अब तो हमको यहां तक भी समझ आ जाता है हमारा स्टेप वन क्लियर हो गया कि वाई टू फोकस स्टेप टू क्लियर हो गया वेयर टू फोकस अब क्या आता है हाउ टू फोकस राइट हाउ टू फोकस के भाई फोकस करना कैसे है ये दोनों चीजें समझ आ गई आपने ढूंढ ली अपने अंदर से इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है देख लिया कि ये चीज मेरे अंदर से आ रही है मुझे अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है जो चीज मेरे पास है उस पर फोकस करना है अब सवाल ये है कि फोकस करना कैसे है कि अपने उस अंदर के एनवायरमेंट को चेंज कैसे करना है जिसकी मैंने बात करी तब तो मैं आपको बताऊंगा अपना एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस कोई बात नहीं कि प्रैक्टिकली लाइफ में काफी बार जो मैंने अपने इस अंदर के को चेंज किया है वो कैसे किया है क्या किया जिससे वो अंदर का एनवायरमेंट ऐसा बना कि ऑटोमेटिकली फोकस हो गया मतलब मैंने फोकस करा नहीं फोकस हो गया so वो कैसे हुआ? दो साल पहले मेरे एक टेस्ट हुआ एक डॉक्टर ने एक टेस्ट लिख करके दिया और फाइनली जब वो टेस्ट कराया कोलेस्ट्रॉल का तो पता लगा कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई हो चुका था मतलब डेंजर मार्ग के ऊपर था तब मेरे अंदर से आवाज आ गई मतलब वो क्लियर हो गया कि भाई अब तो करना ही है करना है या मरना है बाढ़ में गया बिजनेस में गया सारा पैसा क्या करूंगा इसका मैं क्या करूंगा अगर हेल्थी नहीं है तो सब बेकार है सब यही धरा का धरा रह जाएगा वो फंडा क्लियर हुआ अंदर से आवाज आएगी करना है अब सेकेंड स्टेप था वेयर टू फोकस ऑन मतलब के एग्जैक्टली क्या करना है क्या करना है क्यों करना है क्लियर हो गया बट क्या करना है इस बार मैंने कोई जल्दी नहीं करी मैंने कहा कहना गलत होगा कि मैं हेल्थ पे फोकस कर रहा हूं। हेल्थ अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है हेल्थ मतलब क्या क्या करूंगा पचास चीजों पर फोकस करूंगा अगर ध्यान से आप उस केरली की कहानी को देखो तो उसने कितने गोल्स पे फोकस किया दस गोल पे बीस गोल पे एक गोल पे बस एक गोल उसको बिल्कुल क्लियर था कि यहां फोकस करना है और वहां करना है बस और कुछ भी नहीं तो मेरे को वो एक गोल चाहिए था कि वो एक गोल क्या होगा तो जब पढ़ा तो समझ आया कि जो बेसिक फंडा था इसका हेल्थ का या जो मेरा बेसिक रूट कॉज था वो क्या था कि जब भी वेट बढ़ता है उसके पीछे सिंपल सा एक रीजन होता है कि अगर हम जितनी हमारी भूख है उससे ज्यादा खाएंगे तो वेट बढ़ेगा कम खाएंगे तो वेट कम होगा सिंपल सा फंडा है जिसको कैलरीज बोलते हैं इंग्लिश में कैलरीज बोलते हैं सारा खेल उसका है तो वो चीज समझ आ गई और फिर जब थोड़ा सा और पढ़ा तो समझ आया कि इसका सॉल्यूशन क्या है मतलब एग्जैक्ट में वहां तक पहुंच गया सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल था सॉल्यूशन ये था कि अगर मैं अभी धीरे खाने लग जाऊं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और फिर जब नेट पर गया मैंने जाकर के एक सिंपल सी लाइन सर्च करी बेनिफिट ऑफ चूइंग योर फूड थर्टी टाइम्स हजारों पेज आ गए हमको इंडिया में पता नहीं है लेकिन इंटरनेशनली इस सिंपल से फंडे के ऊपर पता नहीं कितनी रिसर्च हो चुकी है साइंटिफिकली कितनी रिसर्च हो चुकी है और उसमें टेक्निकली बताया हुआ है कि एग्जैक्टली exactly क्या होता है कि अगर अगर एक एक सिंपल लाइन में बताऊं कि जो जब हम खा रहे होते हैं तो हमारे पेट से हमारे माइंड तक सिग्नल पहुंचने के लिए कि हमारा पेट भर गया है उसमें बीस मिनट लगते हैं साइंटिफिकली यह प्रूव हो गया कि बीस से पच्चीस मिनट लगते हैं और जब हम इमोशनल रीटिंग कर रहे होते हैं मतलब जब हम मन की भूख मिटाने के लिए खा रहे होते हैं तो हम 10-15 मिनट में सब खत्म कर देते हैं तो जब तक 20 मिनट होते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है जो हमारे सबके साथ में हो रहा था मेरे साथ भी हो रहा था तो मुझे समझ आया अगर किसी तरीके से मैं बत्तीस बार छबाऊं तो सारी प्रॉब्लम सोल्व ना किसी एक्सरसाइज की जरूरत ना डाइटिंग की जरूरत ना कुछ और करने की जरूरत सिर्फ धीरे खाना है सब सोल्व मैंने कहा मिल गया जहां पे फोकस करना है, मिल गया। सिर्फ इस 32 पे फोकस करना है। और बहुत जैसे ये क्लियर हो गई अब सिर्फ एक चीज रह गई फोकस कैसे करना है। उसमें कभी दिमाग ही नहीं लगाया किसी ने बताया नहीं कि कैसे करना है मैं उसी दिन घर पे जो डिनर था उसको धीरे धीरे खाने लगा टीवी ऑफ किया धीरे धीरे बत्तीस बार चबाया धीरे धीरे खाया बड़ा खुश एक्साइटेड यार मैंने तो कर दिया कर दिया आप शुरू कर दिया आप देखो कितना मजा आएगा उसके बाद में अगले दिन फिर से ब्रेकफास्ट में वही थर्टी टू टाइम्स फिर से लंच में वही डिनर में वही और काफी दिन तक चला कोई आइडिया कितने दिन चला होगा ये तीन दिन तीन <hepat mateadım> <pray think> दिन, दिन... <Network avoir laughing> सच बता रहा हूं तीन दिन तीन दिन बाद बैक टू नॉर्म तीन दिन बाद बैक टू नॉर्मल लाइफ मतलब सब भूल गया अगले दिन मेरा मन भी नहीं कर रहा था बत्तीस बार चबाने का मन में नहीं कर रहा था मैंने है यार, ये सारी चीजें 10 10-15 दिन निकल गए नॉर्मल वही सब वैसे चल रहा था सब माइंड से सब फंडा निकल गया का। अब मुझे जवाब मिला के, कैसे फोकस करना है। How to focus? Again, sports से. मैं एक मैगजीन पढ़ रहा था वहां पर इंटरव्यू था टाइगर वुड्स का टाइगर वुड्स का नाम सुना है सबने ऑल दो नाउलो हिम बिकॉज ऑफ ऑल द रॉन्ग रीजन बट स्टिल टाइगर वुड्स इस दुनिया का बेस्ट गोल्फ प्लेयर गोल्फ के अंदर जो टाइगर टाइगर वुड्स के अंदर पोटेंशियल है वो और किसी में नहीं है सब लोग मानते हैं। सो so, उसका इंटरव्यू पढ़ रहा था और उसमें उसने एग्जैक्टली बताया था हाउ टू तो फोकस कि वो क्या करता है मैंने पढ़ा और मैं हिल गया बहुत सिंपल सी चीज थी और मेरे को ऐसी सिंपल सिंपल चीजों में बड़ा मजा आता है जो कॉम्प्लीकेटेड बातें होती है ना वो मेरे ऊपर से निकल जाती है तो सिंपल सी चीज वो कहता है कि जब भी मुझे एक शॉर्ट मारना होता है तो मैं पहले होल की तरफ देखता हूं फिर बॉल की तरफ देखता हूं ध्यान से देखना बहुत सिंपल सी चीज है होल की तरफ देखता हूं बॉल की तरफ देखता हूं होल की तरफ देखता हूं बॉल की तरफ देखता हूं होल की तरफ देखता हूं बॉल की तरफ देखता हूं और कहता है तब तक देखता रहता हूं तब तक देखता रहता हूं जब तक कि मेरे माइंड के अंदर एग्जैक्ट पिक्चर ना बन जाए वो फिल्म ना बन जाए कि वो बॉल उस होल के अंदर जा रही है मतलब तब तक देखता रहता हूं जब तक वो पिक्चर बिल्कुल क्लियर ना हो जाए तब तक मैं शॉट नहीं मारता लोग क्या गलती करते हैं उससे पहले शॉट मार देते हैं या उस पिक्चर को बनाते ही नहीं वो शॉट मार देते हैं so जैसे ही ये पड़ा मैं हिल गया मैंने कहा यार कमाल हो गया ये फंडा तो मुझे पता था इसमें कुछ भी नया नहीं था और मजे की बात सिर्फ पता ही नहीं था इसको मैं पहले अपनी अलग मतलब कई बार आता ही नहीं है माइंड में आता ही नहीं है कि हाँ हम वो सब कुछ जानते हैं तब एकदम से याद आता है कोई बंदा आता है वो याद दिला देता है आकर के ये चीज करनी है मैं भागता हुआ गया और अपने टेलीविजन के नीचे एक ड्रॉर है उसको खोला उसमें से जा करके एक सीडी निकाली वो सीडी थी मेरे फेवरेट सॉन्ग की लक्ष्य मूवी का एक गाना है आप सबने सुना होगा आपने अगर मेरा आईआईटी का वीडियो देखा है तो उसमें भी मैंने बताया था उस गाने के बारे में अब मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूं वो काम कैसे करता है तो उस गाने की सी को निकाला और उसको प्ले कर दिया और लूप में बार बार बार बार बार बार बार बार बार बार सुनने लगा सुनने लगा इस बार मुझे समझ आ चुका था जवाब मिल चुका था कि मैं पिछली बार क्या गलती करता था या हमेशा जिंदगी में मैंने क्या गलती करी जब भी मैं फेल हुआ तो मेरे को पता लग गया था कि अब इस बार वो गलती नहीं होने वाली और मैं बिल्कुल क्लियर तो होगा होगा। तो था कि अब मैं बत्तीस बार नहीं चबाऊंगा तब तक जब तक मेरे माइंड के अंदर वो पिक्चर नहीं बन जाती कि मैं धीरे धीरे खा रहा हूं चाहे उस प्रोसेस में दो दिन लगे चाहे चार दिन लगे चाहे दस दिन लगे मैं नहीं करूंगा मैं इस चीज को शुरू ही नहीं करूंगा मतलब वो शॉर्ट मारूंगा ही नहीं शॉट को मारूंगा ही नहीं बस देखता रहूंगा देखता रहूंगा देखता रहूंगा और वही किया उस गाने को पांच बार सुना दस बार सुना बीस बार सुना एक दिन में सुनते सुनते, सुनते सुनते, सुनते सुनते, माइंड में सिर्फ एक गोल सिर्फ एक टारगेट बत्तीस सुनने में अजीब लग रहा होगा थर्टी टू बस कि मैं बत्तीस बार चबा रहा हूं अजीब सी चीज अजीब सी करता रहा करता रहा और फिर जा करके कुछ पेपर लिए उस पर बड़ा बड़ा लिखा थर्टी ले जा करके अपनी अलमारी के अंदर अपने लैपटॉप बैग के अंदर अपनी गाड़ी के अंदर अपने ऑफिस के अंदर ताकि जहां भी मुझे वो दिखे वो दिखे। उसके बाद में एक बुक जो मैं पहले से पढ़ चुका था इस चीज के बारे में कि धीरे धीरे कैसे चबाते हैं कैसे खाते हैं बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की बिना डाइटिंग के और बिना एक्सरसाइज के हम किस तरीके से वेट लॉस कर सकते हैं इस बुक का नाम है आई कैन मेक यू थिन बाई पॉल मकैना उस बुक को जो मेरी बुक शेल्फ में ही पड़ी हुई थी उसको निकाल करके लाया इस बार मैंने ठान लिया कि इसको तीन बार पढ़ूंगा जब तक तीन बार इसको पढ़ पढ़ के खत्म नहीं कर लेता इसको छोड़ूंगा नहीं इस बुक को पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा। धीरे, धीरे, धीरे, धीरे, मेरे अंदर का एनवायरमेंट चेंज होने लगा अंदर का जो एनवायरमेंट था जिसकी मैंने बात करी थी वो बदलने लगा मतलब इस तरीके से बदलने लगा कि मेरे को बिल्कुल पिक्चर क्लियर होती चली गई कि हाँ मैं ये कर सकता हूं पहले में बिना उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करे जाकर के करने की कोशिश करता था और फेल हो जाता था बिना उसकी पिक्चर क्रिएट करे शॉट मारता था और वो मुझे जिस थाली में मैं खाता हूं उसी में मुझे छेद करना पड़ेगा एक प्लेट उठाई और सामने से चाकू गर्म किया उधर से मेरी वाइफ देख रही थी कहती क्या प्लान है भाई नहीं तू टेंशन लग लो लेट अपना चाकू गरम किया पूरा ऐसे करके और ऐसे ऐसे करके उसमें यह कर दिया मतलब पूरा होल कर दिया मतलब यहां से पूरा अच्छे से वो करके होल किया मैंने कहा कि जिस टाइम पे मैं खा रहा हूँ उस टाइम पे मेरे सामने ये होना चाहिए मतलब लिखा हुआ दिखना चाहिए ये मुझे घूर रहा होना चाहिए मैं इसको देख रहा हूं और ये मुझे देख रहा है दूसरा फायदा जो मुझे समझ आया था कि मेरी प्रॉब्लम क्या है ये तो है ही कि मैं ज्यादा खाता हूं लेकिन ज्यादा क्यों खाता हूं क्योंकि हम इंडियंस के दिमाग में एक बड़ी अजीब सी चीज भरी हुई है बचपन से लेकर आज तक कि बेटे खाने को कभी झूठा मत छोड़ना <laughs> है ये दिमाग में <laughs> चाहे खराब हो जाए खाने को झूठा मत छोड़ना तो समझ आ रहा था कि जब मैं नॉर्मल प्लेट में खाता था पहले तो उसमें क्या होता था कि लिया जैसे दाल चावल है तो लिया और भर दिया अच्छे तरीके से जैसे अब दोबारा मिलना ही नहीं है जैसे बाकी के घर वाले सब खत्म कर देंगे ऐसा होता है हम सबके साथ में जितनी भूख है उससे ज्यादा ले लिया आदत पड़ी हुई है आदत पड़ी हुई है तो ज्यादा भर दिया अब इसमें वो नहीं हो सकता था यह बात क्लियर थी मतलब इसमें अगर मुझे खाना है तो मुझे क्या करना है थोड़े से चावल डाले थोड़ा सा दाल और फिर खाया नहीं तो यहां से निकल जाएगा पूरी टेबल गंदी हो जाएगी और फिर मेरे को डांट पड़ेगी घर में तो मैंने कहा करता क्योंकि क्या बेकार की चीज उठाकर डस्टबिन में डालो ना जब घर पर सब मेरा मजाक उड़ाते थे कहते क्या कर रहा है क्या ही है ये इससे क्या होगा यह तो बड़ी अजीब सी चीज है अगर करना है तो पार्क में जाकर के दौड़ लगाओ मैंने कहा रुको तो सही रुको तो सही देखो तो सही क्या हो रहा है एक इल्यूज़न रियलिटी बनने ही वाली है बनने ही वाली है और वो ही हुआ उसके कुछ महीने के अंदर अंदर ऐसे चेंजेस आए बॉडी के अंदर जो मुझे खुद ही यकीन नहीं हुआ कि हो क्या रहा है कि कैसे हो रहा है और सब कुछ बदल गया जो वेट मेरा सुनने में छोटी लग रही होगी लेकिन मेरी लाइफ की सबसे बड़ी सक्सेस अगर आप मुझसे पूछो क्या है तो वो ये है From 83 to 84 kgs to 84 फ्रॉम एटी थ्री टू एटी फोर केजीस नहीं है से वेट हो जाता था। पहले जितना था उससे भी ज्यादा हो जाता था अब क्यों क्योंकि जड़ ही खत्म हो गई ना अब मेरे को इस प्लेट की जरूरत नहीं है मैं इसमें नहीं खाता अब ये मत समझो मैं रेस्टोर में ले जाकर के पत्ते में खाता हुआ देखो आप तो इसको छोड़ दिया छूट गई ये प्लेट लेकिन मेरी आदत बदल चुकी है अब अगर मैं चाहूं भी तो मैं जल्दी नहीं खा सकता मुझे आधा घंटा चाहिए ही चाहिए अपना खाना खत्म करने के लिए और जब नहीं खा सकता तो प्रॉब्लम सोल्व प्रॉब्लम सोल्व जड़ से खत्म तो अब अगर आप एग्जैक्टली exactly देखो मैंने क्या किया मैंने आपको बता दिया सब बता दिया कि कैसे किया क्या किया और वो किस तरीके से काम किया और इस फंडे को लाइफ में एक बार नहीं मैं पता नहीं कितनी बार लगा चुका हूं कितनी बार अलग अलग चीजों में सब कुछ आसान लगने लग जाता है और फिर सब अपने हाँ होने लग जाती। और वो इतना स्ट्रॉग हो जाता है कि फिर आपके आगे हजारों लाखों लोग भी आकर के खड़े हो जाए और बोले ये नहीं हो सकता तो अंदर जवा देते चलना चले आ दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आप उस पीक स्टेट में होते हो जहां पर आप कुछ भी कर सकते हो तो मैंने आपको एग्जैक्ट बता दिया कि ये क्या करना है कि अपने इल्यूजन को चुनना है उस पर पूरा फोकस करना है तब तक करना है तब तक करना है उस काम को करना नहीं है सिर्फ फोकस करना है और जब आप फोकस करते रहो करते रहो करते रहो और आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाएगी ये चीज होगी तब उसको करना शुरू करना है और तब जब आप उस काम को करोगे तो वो हो जाएगा ये थी पूरी की पूरी प्रोसेस